असलमैलकम बहुत सारे दोस्त अमेजोन के पीछे भागते हैं कि अमेजोन के ऊपर हमें वी बनना है अमेजोन के ऊपर हमें अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है लेकिन यहाँ मार्केट के अंदर ऐसे अमेजोन से भी बेस्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर पाकिस्तान की बात करें पाकिस्तान के अंदर दराज है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चलता है वो है अली इसके बाद अमेजन आता है और फाइनली इसके बाद जो हमारे पास एक ई कामर्स प्लेटफॉर्म निकल कर आता है इसका नाम है ई बे क्या है तो सबसे पहले ई को समझने के लिए हम लोग ई बे सिंपल गूगल के ऊपर सर्च करें और यहाँ पर देखें ई बे इज़ द अमेरिकन मल्टीनेशनल नेशनल ई कॉमर्स कंपनी मतलब ये समझ रहे हो आप लोग कि ई कॉमर्स एक वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो सेल कर सकते हो लेकिन इस वेबसाइट का आप सबको पता तो है लेकिन मैं ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ या ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो सोचते हैं यार सिर्फ अमेजोन के ऊपर एफिलिएट कर लें या अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर लें या अमेजोन से सिर्फ चीज़ें खरीदें नहीं भाई अब ये वीडियो उन सब लोगों के लिए होने वाली है जो या तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या वो सोच रहे हैं कि वो अपना एक ऐसा YouTube चैनल खोलें जहां पर वो प्रोडक्ट के रिव्यू करें और वहां पर एफिलइट मार्केटिंग के जरिए पैसे कमाएं अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ वीडियोस बनाकर एफिलट मार्केटिंग से पैसे कमाएं आप लोग सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो आप लोग ख़ुद की वेबसाइट बना सकते हो जहाँ पर अमेजोन के अमेजान या फिर ई के जो प्रोडक्ट्स से हैं उनको सेल आउट कर सकते हो दूसरों को अपने रिश्तेदारों को या इंटरनेशनली या इसके ऊपर भी आप लोग एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो कि लाइक आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एफिलट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो और वहाँ से प्रोडक्ट को सेल आउट करवाते हो और उसका जो कमीशन बनता है वो आपको मिल जाता है इस ई बे की जो ख़ास बात है ये भी आप लोग टारगेट कर सकते हो इंटरनेशनली अगर पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी मैं पर्सनली मैं इन्हें यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हुए मुझे देखने को मिला है कि काफ़ी ज़्यादा ईबे से लाखों कमा रहे हैं अगर मैं लाखों कहूँ तो गलत होगा बल्कि करोड़ों कमा रहे हैं तो ये ईबे बनी कब थी 1995 के अंदर तो भाई देख लो अमेज़ोन से भी बहुत पुरानी है मतलब अमेजोन से भी नहीं है मैं तो ऐसे ही कहूँगा तो अभी चलते हैं हम लोग ईबे के ऊपर तो आने के लिए सिंपल आप लोगों ने डब्ल्यू के ऊपर आ जाना और मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो बल्कि काफ़ी ही स्लो है कि एक एम भी स्पीड नहीं है इसकी और यहाँ पर ई का आपके पास इंटरफेस आ गया ई के ऊपर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं वो है आईफोन्स, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा बिकते हैं ई के ऊपर तो यहाँ पर देखें एक्सप्लोर पॉपुलर ये इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए सेल्स कलेक्शंस, फिशिंग आ, इस तरह वाचेज हैं कुछ कुरियन ब्यूटी कोरियन लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब कोरियन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं ईबे मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ कि कोरिया के अंदर ईबे ज़्यादा चल रहा है तो बुरा नहीं होगा तो एक्सप्लोर पॉपुलर ब्रांड्स तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं आपको देखने को मिल जाते हैं इसी तरह डेली डील्स यहाँ पर देख सकते हो लेकिन हम ये नहीं देखना चाहते हैं। हम हमें तो बस पैसे कमाने हैं हमें पैसे कमाने का तरीका बताओ तो नीचे आ जाना है अब नीचे आ गए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखें यूनाइटेड स्टेट इसके अलावा आप लोग ऑलमोस्ट इंडिया को भी टारगेट कर सकते हो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार अब नौ चार को नौ से ज़रूर दे लो इसके बाद दो को ऐड कर लो कितनी कंट्रीज़ को आप लोग टारगेट कर सकते हो अब आप लोगों ने यहाँ पर मैं आपको सिखाऊँगा पहले कि आप लोगों ने यहाँ पर चीज़ें सेल करने से पहले सीखना कहाँ से है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसला आता है वो रजिस्ट्रेशन अगर करनी हो तो भी देखें यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो लेकिन रजिस्ट्रेशन कौन सी करनी है वो भी देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है स्टार्ट सेलिंग तो ओबली अगर जो कोई अपना ब्रांड रन करता है या उसके पास कोई प्रोडक्ट है तो वो स्टार्ट सेलिंग के ऊपर आएगा तो सेल कैसे करना है अब ये जो चीज़ है ये एप्लीट मार्केटिंग जो करता है उसको भी सीखनी चाहिए और जो सेल करना चाहता है या कोई जैसे हम लोग अमेजोन वी कहते हैं या कोई वी का कोर्स करना चाहता है किसी भी वेबसाइट के ऊपर या वी ए के वी की जॉब लेना चाहता है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर तो उसको भी ये करना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि ई के ऊपर किस तरह से सेलिंग होती है अमेजोन के ऊपर किस तरह से सेलिंग होती है दराज के ऊपर कैसे सेलिंग होती है इन दोनों का इन दोनों में रेट का क्या डिफ्रेंस है ईच एंड एवरी का पता होना चाहिए एक अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट को या एक ऐसा कहूँ कि ई कॉमर्स वर्चुअल असटेंट अब बहुत सारे दोस्त अमेज़ॉन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस है तो आप लोगों ने ऐसा नहीं कहना कि यार अमेजोन सबसे ज़्यादा फेमस नहीं आप लोग कहोगे अपने आप को अगर आप लोग हो या अगर आप लोग बनना चाहते हो तो आप लोगों ने कहना है मैं एक ई e कामर्स वर्चुअल असिस्टेंट हूँ मतलब ई e कामर्स की कोई भी वेबसाइट हो उसे मैं ऑपरेट कर सकता हूँ उसके लिए मैं आपको एस कर सकता हूँ आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकता हूँ आपको अच्छी सेल ला दे सकता हूँ तो वगैरह वगैरह आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एड ऑन कर लें इसके बाद लर्न टू सेल अब ये तीन मेजर हमारे पास चीज़ें हैं एंड एफ्लिएट मार्केटिंग के ऊपर भी चलते हैं एफ्लिएट्स ओके okay, तो मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है लेकिन यहाँ पर हम लोग अमेजोन लर्न टू बेसिक्स के ऊपर आ गए हैं पहले सेलिंग के ऊपर सेलिंग ऑन ईबे तो किस तरह से चीज़ों का सेल आउट करना है तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है आपके पास लाइक like, जो टाइटल है वो एक होना चाहिए हाई क्वालिटी या जो आपके प्रोडक्ट की इमेज़ हैं तस्वीरें वाई क्वालिटी की होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड आप लोगों ने रखना है तो यहाँ पर कंप्लीट गाइड किया गया है ये तो भाई बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोग कर लोगे अच्छे फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए जो इन्होंने बताया है सेट द राइट राइट प्राइस मतलब जो अच्छी प्राइस है वो ही रखनी है आप लोगों ने इसी तरह शिप मतलब आपका जो कस्टमर है वो अपने एग्जैक्ट सही शिपिंग चुननी है कि जहाँ पर आपका कोई भी इंटरनेशनल के अंदर किसी भी कंट्री से अगर आपका कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है कोई बंदा तो उसको आसानी रहे कि भाई हाँ उसका प्रोडक्ट वहाँ तक पहुँच जाएगा तो आप लोगों ने ज़्यादा शिपिंग के जो प्लान हैं वो ज़्यादा रखने के लाइक ऐसा नहीं कि भाई आपके पास एक ही शिपिंग आप लोगों ने रखी हुई है अब ये जो ई कामर्स के अंदर है वो उनको पता है अब मैं इसके अंदर ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है ना एफ ए क्यू है जो लोग क्वेश्चन पूछे या पूछते रहते हैं या पूछेंगे वो सब यहाँ पर है हो मच डज़ इट कोस टू सेल वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसको आप लोग डीडअप कर सकते हैं इस तरह लिस्ट आ आइटम्स वो देख लें आप लोग इसी तरह बिकम आ सेलिंग टिप्स फॉर लिस्टिंग तो इन सब को आप लोग देख लेना और यहाँ पर चलते हैं जो इनका पार्टनर प्रोग्राम है लाइक like, जब आप लोग बेचोगे चीज़ें तो वो भी आप लोग देख लें तो यहाँ पर आप लोग साइन अप करोगे अब यहाँ पर आप लोग एफिलिएट करोगे तो एफिलइट के, के लिए आपके पास ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पर देख लो आप लोग कि एक सौ तिरासी मिलियन बायर्स इन एक सौ मार्केट प्लेसेस और नाइन्टी बाई ना मतलब कोई भी बंदा आता है ना नाइन्टी परसेंट यहाँ से चीज़ें खरीद कर ही जाता है और वन पॉइंट फोर बिलियन लिस्टिंग है यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं भाई देख लो और ये इनके कुछ इनके पास इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है कि भाई आपको एपीएस भी प्रोवाइड की गई हैं क्रिएटिव गैलरीज मतलब एक बेहतरीन एक इंटरफेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अमेजोन से और इसका जो लुकअप देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो इसको आप लोग एक्सप्लोर करें यहाँ करें अगर ट्यूटोरियल चाहिए कि एप्लीट कैसे ज्वाइन करना है किस तरह से हमें ईबे का अगर को एक कोर्स चाहिए तो बता देना मैं आप लोगों के लिए ढूंढ दूँगा यूट्यूब के पर कोई कोर्स अच्छा सा नहीं तो मैं आप लोगों के लिए बना दूँगा अगर कोर्स ना हुआ तो मैं बना दूँगा कोई मुश्किल बात नहीं है इसी तरह हाउ टू सेल अब आप लोगों ने चीज़ों को सेल आउट कैसे करना है अभी इसके ऊपर आते हैं यहाँ पर थ्री स्टेप हैं बहुत ही ईजी हैं पहला लिस्टिंग शिप अर्न cash, simple. Step थ्री to sell. तो ये आप लोग वाच ना हो कोई वीडियो है वो भी देख लें आप लोग इसी तरह गेट इंस्पायर्ड अगर किसी यूंगो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा आप लोग कहो कि पता नहीं यार इसने तो कोर्स से स्टार्ट कर दिया है तो ये था अबाउट ई अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लेकर आता रहता हूं तो मेक श्योर करना कि आपने मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब अभी हमारे पास सात सात सात मतलब सात हज़ार सात सौ सतर सब्सक्राइबर है हमारे यहां पर हम देख सकते हो और थोड़े से रहते हैं होने में तो जल्द सी करवा दें ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद नई नई वीडियोज़ लेकर आता रहूँ और इसी तरह यहाँ पर मैंने हाउ टू सेल ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑनलाइन इसके रिलेटेड एक न्यू ही वीडियो अपलोड किया कल अगर आप लोग इसे देखना चाहो कौन सा वीपीएन सबसे ज़्यादा चल रहा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एंड थैंक्स फ़ॉर वाचिंग।